नमस्कार मैं हूं खिलावन चतुर्वेदी मेरे YouTube चैनल सकल एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है अभिनंदन है मैं इस वीडियो में कोरोना बम और कोरोना भ्रम के बारे में बताने वाला हूँ साथियों आप सभी को पता ही है कि पिछले 22 मार्च 2020 से लॉकडाउन प्रारंभ हुआ था तो देश में अफरा तप्रीसी मच गई थी घर छोड़कर मजदूरी करने बाहर गए मजदूरों को घर वापस आने के लिए कोई भी साधन नसीब ना हो सका हजारों किलोमीटर की दूरी पैदल करने के लिए मजबूर हो गए भूखे प्यासे ही रास्ते पर कई मजदूरों की जाने चली गई रास्ते पर ही कई मजदूर दम तोड़ दिए उस समय से आज तक मजदूरों को पेट भरने के लिए काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है साथियों 2020 की कोरोना बम की आग बुझी ही नहीं थी कि 2021 हजार इक्कीस में प्रतिदिन लाखों लोग कोरोना संक्रमण के शिकार हो गए और आज कई लोगों की जाने चली गई फिर भी लोगों में कई प्रकार की भ्रांतियाँ पनप रही हैं जैसे कई लोगों में ये भ्रम है कि जब हम कोरोना टेस्ट कराने हॉस्पिटल जाते हैं तो ज़बरदस्ती कोरोना पॉजिटिव बताकर हमारे किडनी लिवर आदि अंगों को निकाल लिया जाता है तो ये कहाँ तक सही है और कई लोगों में ये भी भ्रम है कि एक बार कोरोना संक्रमण से ठीक होने के बाद दोबारा और संक्रमण होने का कोई खतरा नहीं रहता तो ये कहाँ तक सही है आइए इसके बारे में डॉक्टर साहब से जानते हैं ये कोई भ्रम नहीं है किसी को तो में शरीर में वायरस रहेगा तभी आपको जैसे बताया कि तो कि बताया शुरुआत 30 जो भ्रिया डॉक्टरों को पैसा मिलता है किसी ने वीडियो गलत है ऐसे नहीं है पैसा नहीं मिलता हमारे कर्मचारी को मिलता करने वाले को को नहीं अभी जैसे मैं महीने से काम कर रहा मेरे कोरोना एक पैसा मिला है लगभग आज तक वाल मिले यहाँ पैसे क्या होता है जो हमारे तो शरीर में तो तो तो तो तो रास्ते निकलता है तो तो ये है? है, जो जो -फुन तो में को खून निकाल लिये, इसका निकाल लिये, ऐसे लोगों को लगता, तो लोगों लगता है की अरे यार डॉक्टर ने इसका किडनी निकाल लिया लिवर निकाल लिया ऐसे करके लोगों में लोग देते तो ऐसी कोई बात नहीं है कि कि किसी का यार, से, भी तो में कि तो कोरोना कोरोना से से सर्जरी में में लिए डालोगे हो जाएगा इस प्रकार कोई नहीं नहीं नहीं ऐसा होता होता ही ही पहली बार मरीज उसको बोलते हैं जब क्वारेंटाइन का जो सिद्धांत भी बना हुआ है अट्ठाईस अट्ठाईस डोनेट कर करना नहीं नहीं, है ऐसा तो नहीं है उसको उतना ही सावधानी बरतना है जितना भी कभी नहीं होगा हो सकता है एक बार तो तो तो चुका है तो चुका है है डाउन हो हो उसको फिर से दोबारा सकता तो इस डबल होगा ज्यादा साथियों कोरोना बीमारी आज विकराल रूप धारण कर लिए है सभी मंदिरों और मस्जिदों का दरवाजा बंद हो चुका है सभी मंदिरों में ताला जड़ चुका है इस बीमारी से बचाने के लिए कोई देवी देवता अवतार लेकर आने वाले नहीं हैं ये भ्रम है शांति इसके लिए हमें स्वयं ही बचना है कोरोना के चयन को तोड़ने के लिए सरकार की लॉकडाउन को हृदय से पालन करें हमेशा भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें और निहायत जरूरी काम पर जाएं तो मास्क लगाएं, दो गज की दूरी अपनाएँ और हर एक घंटे में हाथ धोएँ तो ये लॉकडाउन के समय में आपको पूरी संयम बनाकर घर में ही रहना है और मेरे YouTube चैनल सकल एजुकेशन को सब्सक्राइब अवश्य करें क्योंकि मैं समय समय पर बहुत ही ज़रूरत की वीडियो लेकर आते रहता हूं और मेरे आई बटन को क्लिक करें जिसमें जरूरतों को बहुत अच्छी वीडियो मिल जाएंगे धन्यवाद